प्यार कैला के ना हो निभावला के हो प्यार कैला के ना हो निभावला के हो प्यार कैला के ना हो प्यार कैला हो निभावला के हो पेनला बोड़े ला ना हो आज हम कवला के हो पेनला बोल के ना हो हम कवला के हो ह्यार कैला के ना हो के हो प्यार ला के ना हो निभावला हो प्यार भव प्यारे कई ले से मेहरी कला लिपल पोतले हरी हो पेहनले से मेहरी कला गे लिपल पोतले हरी जोन त्रिया श्रृंगार न जाने बोलेली फुआरी जोतरिया श्रृंगार न जाने बोल फुआरी कपड़ा ला पेहला ना हो कपड़ा ला के ना हो झमे कवला के हो प्यारे कैला के ना हो निभावला हो हो निभावला के हो प्यारे प्यार ना हो प्यारे प्यार ना हो निभावला के हो पोथी पढ़ेला ला के ना हो समझला के हो पोथी पढ़ेला ला के ना हो समझला के, के हो निक चोर कोज फिरे गलियारी फिरे गलियारी लागे चीन के बेमारी बूरल निकला के जकरा चीन के बीमारी पोथी पढ़ला के ना हो पोथी पढ़ला के ना हो समझला के हो प्यार कैला के ना हो निभावला के प्यारे कैला के नाह के ना हो निभला के हो कला के ना हो वाला के हो ह्यार कैला केना निभा के हो निभाला के ह्यार कैला केना हो वाला